बात कौन कर बता देता हूँ कि अपने इधारा कॉल करें तमाम के के और का से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कुल जमाती तहत आज जाजी इजलास जो है मुनाफिक किया है मैं अल्लाह के दुब को हूँ अल्लाह तमारे इन कोशिशों को महतरम बुजुर्गों और दोस्तों कराम के किसान जिन्नत के अंदर इसकी सजा क्या है और इसके लिए कहां तक पहुंचाया जाए तो सब चीज आपके सामने आ चुकी है मैं आपके सामने एक दो बात करके अपनी बात खत्म करूंगा इस्लाम का अंदर जो है देखा जाता है तो तीन दर्जे हैं ईमान की सलामती पहला दर्जा अगर हमारे पास अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इन ये दूसरे जमीन की गजन खतरे होती गर्दन निकाल ही जा सकती थी मगर आज हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में इस्लाम के दूसरे दर्जे से हम जो रहा है उसको बुरा बोलने के लिए हम आज मैदान में आए इस्लाम के दूसरे दर्जे से हम आज यहाँ जमा दें कि उसके बुरा बोलने के वास्ते हम यहाँ तस्वीर लगाए हम क्या करना चाहिए हमको क्या करना चाहिए हमारे जो भी कुल जमाती जो जिम्मेदार है उनके सामने कई मशवरे आए हैं तो पहला मशूरा आपके ख्याल में रखना चाह रहा हूं ये ऐतजाज होने के बाद भी हम खामिश नहीं बैठेंगे इसके लिए एक बेहतरीन से एक प्राइवेट कंप्लेट करेंगे इन शीन तो नहीं मगर हमको करना क्या हम ऐसे ऐसे आयोजन ऐसे ऐसे जो मसाइल जो अपनी लीडरशिप ले मुसलमान पार्क का पत्थर है इसको सोच वो जो है संग होगा मसला सोमा हो जा तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम ये दुश्मनों की चाल जो तो सब जो रहे हैं वो नहीं होता, है, होता है और अपने जो नदी किसान ने जो गुस्ताखी किया है उसके, उसको तो तो तो तो, इस्लाम में हुक्म दिया है दूसरे चक्के पर उसको हिंदुस्तान के कानून में एक ऐसा कानून लाया जाए तो हमारे कुल जमाती अपराध जो प्लान किया है इसको पार्लियामेंट में दर्ज दिया जाए जो भी तो ने उनके पार्लियामेंट में दहरेबली में कानून बनाया जाए जैसा एस सी एस टी का कानून बने हुआ है हिंदुस्तान के अंदर अगर उनको जो है उनके खिलाफ जोड़ा जाए तो उनके ऊपर अद्वा मिलती तो इसी तरह ये कानून ऐसा बनाया जाए हमारे पूरी दुनिया के कायनात के खिलाफ अगर रह जवाब भी खोता है तो उस शख्स पर जो है ऐसा कोई दुकड़े किरदार के तक पहुंचाया जाए कानून तो, तो, तो जिंदगी ने कोई दूसरा आदमी जैसे पहले फदाना ने कहा कैसे कितने लोग दिल में छुपे रहे हैं वो लोग फिर हिम्मत ना कर सके तो जब तक हमें होंगे हम जब एक लाख रोटी जाएंगे ये काम नहीं हो सकता और की हमारी आवाम की जो है, है जनता तो बोला गया मैं गया कुल जमाती जमाती बैनर है सामने उसके बावजूद लोग अल्लाह के दुआ हिदायत अल्लाह उन लोगों को हमने सबसे जोड़ दे मैं आखिरी में तमाम लोगों का ठीक है शुक्रिया अदा करता हूं हम आगे चल के इंशाला कानूनी कार्रवाई करेंगे अब क्या मैंने तो महमत तो। तर। तर। तो। लाइन ने बरकात हो आज जो कुल जमाती का जो एहत रखा गया है उसमें आप तमाम लोग जो यहाँ यह पर जमा हुए हैं ये जो एहताज सिर्फ हम अल्लाह के रसूल से ऐसे में शाम कहीं पर गुस्ताखी होती हो या फिर कहीं पर प्रसाद होता हो वो भी बहुत दिनों के बाद हमने लोग एहत करते हैं लेकिन यहाँ पर आप लोगों से यह कहना चाहूंगा मैं तो जब कभी आज सुबह एक इंची हुई हर दिन पूरा इंडिया मुकाबला करना पड़ेगा और आज वक्त जरूरत है तो हमारी बात नहीं सुनेगी हमारी बात नहीं सुनेगी और इंग्लैंड है वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक खुद अपने आप से बचाने की कोशिश में करोगे खुद खुद ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको सही दुगंध का है जहाँ कहीं भी आपको भ्रष्टाचार हो चाहे कहीं किसी हिंदू को मारने की कोशिश की जाए तो आप अगर उसका दुखा नहीं करेंगे तो आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही बात कहते मैं और बात को उम्मीद करता हूं, हूँ हमारे खिलाफ उसके खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं सिर्फ एहसास नहीं उसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़की है एक मन अंदाज से एक ऑर्गेनाइजेशन लेके से इन दुर्ष लोग माफी नहीं करते ऑर्गेनाइज वे में हमें काम करना होगा तो भी हमें कामयाबी होगी या फिर हम जमींदारी चुना लूंगी अभी मैं वहां ज्यादा बता देता हूं गे कार्य की शक्ल में एक पुरानी थोड़ा पड़िए हम आप तमाम लोगों का शुक्र गुजार है और आपके इस अस्पे को सरम करते हैं हुआ करते हैं कलना तारा आज के इसम करते